नमस्कार दोस्तों सारे भैया न राम राम मैं दीपक है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है लीगल असाइलम आज का हमारा टॉपिक है कि अगर कोई मकान के सामने का जो रास्ता है यानी आपके मकान के सामने जो रास्ता जा रहा है अगर कोई उसको बंद कर दे तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए भी दो रास्ते हैं या फिर तीन के लिए पहला रास्ता तो ये है कि आप उस आदमी से बात करें अगर उसने जो आपके घर के सामने या रास्ते पर जो बाधा लगाई है वो उसको हटा लें आपसे बातचीत से जो हल हो सकती है उसको हल करें और दूसरा रास्ता है आप उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ नज़दीकी थाने में या फिर पुलिस स्टेशन में आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि फला फला व्यक्ति ने मेरे घर के सामने जो रास्ता है उसको बंद कर दिया जिससे मैं और कहीं पर भी आ जा नहीं सकता हूँ और वो जो रास्ता है वो एक लोकमार्ग है तो पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ धारा दो सौ के तहत खिलाफ कार्रवाई करेगी और धारा दो सौ सेक्शन 23 थ्री लोकमार्ग या नो परिवहन पथ में संकट या बाधा इसके एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है जो कोई किसी कार्य को करके या अपने कब्जे में की या अपने बार साधन के अधीन किसी संपत्ति की व्यवस्था करने का लोप करने द्वारा किसी लोक मार्ग या नौपरिवहन लोक पथ में किसी व्यक्ति को संकट बाधा या अक्षतिकारित करेगा वह जुर्माने से जो 200 सौ रुपये तक का हो सकेगा वृद्ध किया जाएगा और ये आपका बता दें कि ये जो ऑफेंस है ये अपराध है ये कोग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है और ये बेलेबल है एक जमानती अपराध है दूसरा मामला है अगर उसने अभी तक आपके मकान के सामने जो मार्ग है उसको बंद नहीं किया है पर वो कर सकता है यानी कि वहाँ पर आपके मकान के सामने दीवार खड़ी कर सकता है कोई अन्य चीज़ बाधा उत्पन्न कर सकता है तो आप उसके खिलाफ से सिविल न्यायालय में या फिर जो भी आपकी जो रोडक्शन में लगता है आप उसके खिलाफ़ एक वाद दायर कर सकते हैं आप उसको वो कार्य करने से रोक सकते हैं जिसके वजह से आपके घर के सामने का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा और इसके लिए आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तय की दारा 39 के अंडर में एक वाद दायर कर सकते हैं जो कि परमानेंट इंजंक्शन का होता है और न्यायालय उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ एक स्टे का ऑर्डर पारित कर देगा या फिर कह सकते हैं इंजेंशन का और आदेश पारित कर देगा और वो व्यक्ति वो कार्य नहीं कर पाएगा